चल अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। बस लॉकडाउन लगने बाद इतने राशन थे हमारे पास इतना खा पी लिए जब राशन नहीं रहे तो बस फिर मजबूर होंगे काम भी नहीं मिले हाँ घर में यही काम कर लेते थे जाके अब ये भी नहीं हो रहा घर में परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा आपका नामा जी कहा से हो आप बात बात की फिलहाल अभी पे रह रहे हो मलिक सिटी में आप क्या काम करते हैं? मैं तो लगाती हूँ बाजार में बर्तनों का वो भी नहीं लग पा रहा लॉकडाउन की वजह से पुलिस वाले परेशान कर रहे हाँ अच्छा। मैं घर में यही काम कर लेती थी जाके अब ये भी नहीं हो रहा घर में परेशान नहीं हो रही है बहुत ज्यादा खर्चे पानी की भी एक टाइम हो जाता है एक टाइम नहीं होता वजह से अभी ये गाड़ी चलाते हैं इसके पापा वो भी नहीं चल पा रही पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे उसमें भी कुछ काम नहीं हो रहा घर पे खड़ी रहती है तो आप जो बता रहे हो कि बाजारों में दुकान लगाती है तो आप किस तरह का सामान बेचते हैं और कहाँ कहाँ पे आप दुकानें अपनी लगाती है ठीया लगाते, लगाते हैं जी बाजार में जहाँ बाजार लगता है तो, हाँ, तो पहले आप ये जो काम करते लगाते, तो आप पहले से कितना कमा लेते थे कितना भी नहीं जी बस ऐसे ये तो पाँच छान बिक जाते है तो तीस रूपए बच जाए उसमें इतने ज्यादा नहीं बचते बस ये है कि दाल सब्जी का खर्चा निकल जावे इसमें और कुछ नहीं निकलता चली जाती हूँ तो बस ये भी बिग गया बिक गया ना भी बिका वो भी ऐसे ही रखा रहे एक लेबर कार्ड होता है लेबर कार्ड बनता है मजदूरी का। अच्छा। तो क्या वो बनवाया आपने नहीं नहीं अभी बनवाया, मैंने पता नहीं, नहीं कहाँ नहीं बनता अभी सरकार ने घोषणा की थी कि हम तीन महीने तक राशन फ्री और हमें तो कुछ भी नहीं मिला और... हमें नहीं मिला कुछ भी हमारा राशन कार्ड बना अच्छा। हुआ हाँ। तो सरकार कह रही थी की हम तीन महीने तक हजार हजार रूपया देंगे क्या उसका भी आपको लाभ मिला नहीं हमें कुछ नहीं मिला हजार बीस में भी एक लॉकडाउन लगा था जी, लगा था तो उसमें भी आपने इसी तरह जद्दोज हाँ, इसी तरह का हमें परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ी हमें किसी का भी सहारा नहीं था आप क्या काम करते थे जैसे तो के अभी क्या काम करते हो जीन्स उसका आपको कितना मिल जाता था, था एक दिन, का? एक दिन का देख लो नौ हजार तो लॉकडाउन लगने के बाद आपके परिवार की स्थिति कैसी रही और आपके किस तरीके से आपने काम बस लॉकडाउन लगने बाद बाद इतने राशन थे हमारे पास इतने खा पी लिए जब राशन नहीं रहे तो बस फिर मजबूर हो आम भी नहीं मिले वो आप काम अच्छा तलाश ने ने ने ने ने? किस तरह का काम काम देखने गए थे काम पे मालिक भी बोलने लगे चार हजार पाँच हजार अच्छा, से तो सरकार की तरफ ऐसी किसी तरह की मदद जैसे गवर्नमेंट ने तीन महीने तक राशन फ्री देने का ऐलान किया था कोई राशन नहीं कोई किसी के पैसे नहीं मतलब कोई पैसे तो सबके आए और की भी आए जो लेडीज थे जिसके मतलब के नाम चढ़े हुए थे उसके आए जिसके चढ़े हुए थे अच्छा तो आपको कुछ नहीं मिला नहीं ना तो राशन ना पैसे आपको किसी तरह का कोई सरकारी योजना से कुछ लाभ मिला है जैसे जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए तो, आपका खुला है वो अकाउंट हाँ वो खुला था वो वो भी बंद हो गया अच्छा उसमें कभी कुछ आया है आपके हाँ पैसे आए थे अब बीच में पांच सालों में आने ही बंद हो गए थे